हाय फ्रेंड्स आज मैं लेके आ रही हूँ बेहद अलग सी रेसिपी जैसे ये वाला साउल मैं अभी भिगा के रखूँगी दो तीन घंटे उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी मैं कैसे ये बेहद अच्छी और नई रेसिपी बोल रही हूँ और ये वाला साउल बहुत अलग है आसानी से ये मिलते नहीं है देखिए मैं साउल मतलब सन लिया है सन के अभी मिक्सी में मैं इसका साउल की जो आटा होते वो निकाल लूँगी उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगे देखिए मैं साउल के आटा निकाल लिया है यहाँ पे और इसको थोड़ी थोड़ी मैं दो कप यहाँ पे लूँगी उसके बाद एक छोट जैसे नमक डूंगी उसके बाद मैं पानी दे थोड़ी थोड़ी मतलब आटा जैसा लोरी बना लूँगी देखिए कैसे करी हूँ और मेरी पूरी चैनल आप लोग विजिट कीजिए तभी पता चलेगा ऐसी जो शावल का आटा है मैंने दो तीन डिश पहले से ही देके रखा है और पूरे वीडियो देखने से ही आप लोगों को पता चलेगा मैंने क्या क्या बनाया है यहाँ पे नई नई रेसिपी और आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को थैंक यू सो मच मेरी तरफ़ से आप लोगों ने मेरे इतना मेरे को इतना प्यार दिया है और एक बात मेरे को इतना बोलना नहीं आता है क्योंकि मैं स्किप नहीं लिखती हूँ जो भी मतलब बोलती हूँ मैं यहाँ पे जो जो बनाती हूँ वही बोल के जाती हूँ और जैसे जैसे करती हूँ वही करती हूँ और दूसरा बात है मेरे को इतना बोलना आदत नहीं है मैं बहुत कम बोलती हूँ इसी आप लोग बुरा मत मत मानिए क्या ये क्या बोल रही है कैसे बोल रही है, है। ये चीज़ नहीं देखिए ये दोनों बिल्कुल इस टाइप की बनना सही है ज़्यादा इससे ना ढीला हो ना टाइट हो अभी इस पानी ना सूख जाए इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी और उसके बाद मैं दिखाऊँगी कैसे बनाते हैं ये हमारी आसामी लोगों में बेहद अ uh, मतलब बनाते हैं बेहद टेस्टी है और खाने में भी तो बड़ा लाजवाब है आप लोगों को क्या बताऊं जब आप लोग बनाएंगे ये वाला रेसिपी तभी तो आप लोगों को पता चलेगा वैसे भी लोरी आ रही है लोरी में हर कोई कुछ ना कुछ बनाते ही हैं और घर में बनाने वाला चीज़ तो जानते ही हैं बेहद अच्छा होता है और आप लोग मेरी चैनल को भिजिट कीजिए तभी पता चलेगा मैंने क्या क्या रेसिपी डाल के रखा है बेहद अच्छी अच्छी रेसिपी डाल के रखा है आप लोगों के लिए प्लीज़ आप लोग जाके पूरा भिजिट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए देखिए मैंने कैसे बना रही हूँ और इसके बाद इसको मैं गुड़ दे रही हूँ यहाँ पे सिर्फ गुड़ दे रही हूँ आप लोग मतलब जो मार्केट में मिलते हैं ना कोकोनट का पाउडर वो भी देके मतलब थोड़ी उसका ये बुन के उसके साथ छनी मिला के या गुड़ मिला के ऐसे इसका फीलिंग्स बना सकते हैं और फीलिंग्स बनाने का कोई आइडिया सही है तो मेरे को बताइए मैं अच्छी अच्छी फीलिंग्स बनाने के आइडिया ज़रूर दूंगी उसकी वीडियो भी दूँगी और हाँ मेरी एक वीडियो में फीलिंग्स बनाना मैं दिखाया था उस वीडियो जाके आप लोग ज़रूर देखिए उस वीडियो में मैंने कैसे फीलिंग्स बनाया है बेहद टेस्टी फीलिंग्स बनाया था और आप लोग भी देख के वो बना सकते हैं और इसमें तो और कुछ मीठी चीजें जैसे बनते हैं आप लोग बनाते हैं वो डाल के बीच में ये वाला रेसिपी बना सकते हैं मैंने इस्पेशली आप लोगों को दिखाने के लिए शॉर्टकट में यहाँ पर गुड़ डाला हुआ है और स्टिफिंग जो है मैंने बनाया नहीं था और बना बनाऊंगी कभी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी और मेरी चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए आई बटन और प्ले ज़रूर देखिए क्योंकि मैं प्लेलिस्ट और आई बटन में जो भी वीडियो दिखाती हूँ बहुत अच्छी वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को वो वीडियो देख के ज़रूर पसंद आएँगी क्योंकि मैं चिकन मटन बनाना बेहद अच्छी अच्छी रेसिपी देख के रखा है और भी अलग अलग टाइप का रेसिपी मैंने यहाँ पे डाल के रखा है क्योंकि मैं जो बनाती हूँ खुद की आइडिया में ही बनाती हूँ दूसरे किसी का भी मैं आइडिया नहीं लेती हूँ देखिए ये वाला भी रेसिपी कैसे मैं खुद की आइडिया से ही बना रही हूँ और अच्छी अच्छी रेसिपी है मेरे पास जो मैं बना, बना कर आप बनाकर आप लोगों को दिखाऊँगी इसीलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए क्योंकि मैं और भी अच्छी अच्छी जो रेसिपी होते हैं आप लोगों के लिए वो ज़रूर दिखाऊंगी कम समय पे कम टाइम पे आप लोगों को अच्छा खाना कैसे बना सकते हैं वो वाला मतलब टिप्स और आइडिया ज़रूर दूंगी क्योंकि मैं आप लोगों ने मेरे को इतना लाइक सब्सक्राइब दिया है इसीलिए मैं कभी आप लोगों को बीच में गलत रेसिपी नहीं बताऊँगी जो भी बताऊँगी अच्छी वाला रेसिपी ही अब मेरी ये पूरी हो ही गई तल देल के तलने के बाद मैं आप लोगों को प्लेट में दिखाऊँगी देखिए थोड़ी सी गुड़ निकल गई थी मेरी इसीलिए देखला पना फिर भी को, को, कोई कोई बात नहीं इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि अंदर मीठा है ये खाने के लिए भी टेस्टी होगा देखिए गुड़ कैसे बिगड़ गई है अंदर और आप लोगों को ये देख शायद पसंद आया होगा मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच